स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स ऑफ बीबीसी 24 सी ट्वेंटी में मैं खड़ा हूँ आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध रोधी संगठन तो आप मेरे साथ अंदर चलिए यहाँ वो पदाधिकारी हैं जो आपको तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज यहाँ क्या हुआ है और आगे समाज में ये अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है कैसे लोगों को मदद करने वाली है तो हमारे साथ आप सबका दिन शुभ मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ तो आज की ह्यूमन राइट्स और जो आज यहाँ पे एक नया ब्रांच ऑफिस आप लोगों ने खोला इसके बारे में और आज के कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त विवरण देते दे। नमस्कार मैं डॉक्टर रमेश शाह नेशनल चेयरमैन ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन आज 26 चार 2023 आज के दिन में हम लोग ने हिलका रोड मल्लागुड़ी में एक हमारा सिलीगुड़ी ब्रांच का ओपनिंग हम लोगों ने किया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के एक नया ब्रांच हम लोग न्याज में खोला और ये आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है हमारे लिए जो कि हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस भी है और इसी क्रम में आज के दिन में हम लोग ने इस कार्यालय को खोला है और ये कार्यालय खुल जाने से सिलीगुड़ी की सिलिगुड़ी के आसपास के क्षेत्र क्षेत्र के सभी लोगों को जो जो पीड़ित हैं उपेक्षित हैं उन लोगों के लिए बहुत ये ऑफिस जो है मददगार साबित होगी और इसी के लिए किया। सर आज देखा जा रहा है समाज में कानून सक्रिय है ह्यूमन राइट्स सक्रिय है और इसके अलावा और भी समाज से भी है इसके बावजूद भी आए दिन समाज में ऐसे घटनाएं हम लोग देखते हैं जो नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से इस पे कैसे धकेल लगेगा और ये क्यों हो रहा है इस थोड़ा पता है सर हम लोग मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं और आजादी का सत्तर साल तो हो गया सत्तर साल हो गया और सत्तर साल आज़ादी के सत्तर साल के बाद भी आज में हमारे देश के आधी आबादी लोग अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते ना कानून के बारे में उनको ज्ञान और यही कारण है कि आज में क्राइम जो है सर चढ़कर के बोल रहा है और सरकार का भी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम आ, लोगों में कानून की जागरूकता लाने का काम सरकार की है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो समय समय पर आ, जो है जागरूक करने का काम करते हैं साथ में हम भी मानवाधिकार के संबंधित विषय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं मदद भी करते हैं कानून ये जरूरत जब पड़ती है तो कानूनी से भी हम हम हम लोग लोग लोग सहयोग करते हैं हैं का क्रम जारी सर जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में तो मानवाधिकार कोई संकल्प ले रही है में नहीं। के अंदर तो ये का जी जी। ये स्कूल पर... में जा करके करते हैं हम लोग ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में जाके करते हैं ये शराब नशाबंदी के क्षेत्र में हम लोग अवेयरनेस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के विषय लेकर के करते करते हैं ह्यूमन ट्राफिकिंग के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वर्कशॉप करते हैं चाइल्ड एब्यूज के लिए करते हैं ये तो हमारे काम है और हम लोग ये तो काम शुरू से ही कर रहे हैं जी जानकारी की कमी है और मैं ये बता बता दूं कि हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है ये 26 राज्यों में कार्यरत है और हम लोग समय समय पर पुलिस प्रशासन कोर्ट मीडिया सबको लेकर के हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम भी करते हैं आगे आपका भविष्य में क्या प्लान है सर भविष्य में हम लोग ये सोचे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित उपेक्षित लोगों को सेवा कर पाए ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी और हम इसी क्षेत्र में अपना कदम को आगे बढ़ाए तो, तो, तो आप अपना आ, पर देने बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। फोर, सेवन फोर, सेवन फोर, सेवन फोर, सेवन, फोर, सेवन फोर फोर वन वन नाइन नाइन सिक्स सेवन सेवन एट हमारे हेल्पलाइन नंबर है और कोई भी समस्या अगर हो लोगों की तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे ऑफिस भी खुला रहती है 24 घंटा 24 घंटा नहीं 12 12 घंटा तो हम लोग ऑफिस खुला ही रहता है 12 घंटा इस इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करने से हम लोग उपलब्ध रहेंगे जाएंगे सर हमारे पूरे टीम के तरफ से इस नए ऑफिस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद